पानी डालना है पूरा करना है पानी नहीं तो देना चाहिए ओम नमः श्री ओ यमाय नम स्वाह स्त ओम मरुाय नमस्व स्वाहा